दोस्तों सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती कि आप इसमें अच्छा स्कोर न कर सकें। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं जी हाँ आप टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टाप करने के तरीके के बारे में बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले है कि आपको प्लानिंग के साथ सभी विषयों की प्रियारिटी करें सेट करें प्लान बनाकर कर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी होता है हाँ दोस्तों अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी लेकिन उसके साथ यह भी तय करना जरूरी है की इस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें हाँ दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें अगर आपको मुझसे मदद चाहिए तो कमेंट में बता देना मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा उसमें भी उसके साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें तैयारी पर ध्यान दें अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम इस, स्ट्रेस को कम करता है इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो आप फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक पढ़ने हैं तो प्रतिदिन दो, दो टॉपिक को कवर किया जा सकता है तीसरा है टाइम लिमिट के साथ पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना या हल करना है हमें तो सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र को प्रैक्टिस करें लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रखे एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा यह नहीं कि आप मान लीजिए ढाई घंटे का पेपर है तो आप उसको तीन घंटे में सॉल्व कर रहे हैं आप इतना जल्दी सोल्व करिए कि का पेपर आप उसको दो ही घंटे में सोल्व कर डालें तो चौथा पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट को समझें ना कि उसको रट्टा मारें। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे है कि भी भी कई बार होता है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदलकर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों की समझ ही नहीं आ पाता दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप उनको सबसे पहले दो से तीन बार पढ़ें उसके बाद उसको गहराई से पढ़ें और तब देखें कि आपको अगर वो याद हो गया तो कभी भी भूल नहीं सकता अगर दोस्तों आपको कुछ थोड़ा से भी हमसे मदद मिली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसका दूसरा फॉल्ट भी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं